निकाल no. तो था था। दे दे है, 66 भाई आ केक केक कैसा है छोटा बड़े बॉल लुसिटी सिक्स आ रही रही है भाई ये ये लगेगा केक को कैसे लगे भाई तो, अरे बैठ तो तो तो तो बैठ तो के के हेलो हेलो हेलो मुनायक हेलो हेलो नीचे कर देते कैमरा बस हेलो हेलो हेलो क्या नहीं है मैं कह रहा कि आप एक तो केक दिखा दे ये जामतदार सब है जामतदार मैं हूं आओ शावर में पकड़ ले एक बंदे को फोन पकड़ा दो ना वो लाइव मतलब वीडियो चला देगा तुम्हारी केक काटते हुए ये क्या हो रहा 10 बार वही लाइट के इश में ना ये रिंग लाइट बहुत परेशान करती है हेलो हेलो हेलो हेलो फोन पकड़ो ना कब चाकु गिरे ये हमारा चाकु तो ये चाकू केक, हो? ए, शावर, केक वाले वाले। रहा। ये उसके बर्थडे क्या हाँ ब्रो बे तो ना। और? दिया जला मीना क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों सर नहीं अच्छा दिखेगा एक कट्टी इधर सगल दिख रहे तू भी आवाज नहीं तो क्या सारी को क्या क्या बहुत बुरा ये ना हुआ एक क्या हेडेक सेरी आवाज़ ठीक से आ रही तो है नो तरह हम हेडफोन नहीं पहने मिले हेडपो पहनो ना अगर लग पाएगी चलो शुरू करो पाँच दिनों से नहीं आ रही आई जो एक ऐसा काफ़ी चलो भाई दस की वाचिंग हो जाए जल्दी से मस्त एकदम एक काम तो फिरावा <laughs> चलो भाई श्रीवन बाबू काउंट ऑफ 10 मैं बोलूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक मिनट भाई कोई मुंह पे नहीं लगाएगा ठीक है श्रीवन बाबू मुंह पे नहीं लगाना है एक मिनट फैन बंद करके लगाना सकते भाई मुंह पे नहीं लगाना है सिल दो लेना अरे भाई क्या बात है साइकल आना कॉलेज ना ना ना ना कॉलेज सुनियारा में नौकरी इंटीरियर डिजाइनिंग का हैप्पी बर्थडे टू यू वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर मीना हैप्पी बर्थडे टू यू मीना सी تعالىऊंगा से यार हैप्पी बर्थडे मेरा गुरु अरे बाजू में नाच रहे हो सर भाई अभी हम नया बाइक पे किया जा रहे हैं ओए हमको लगेगा के खिला रहे हैं ए मत मत भाई मत मत बस अरे ना का बस ये बसरी तब तो पुत्रायो ए तो पुत्रायो कह रहे थे बा हेलो दोस्तों बैठो रे रुको मिल ऐसे तो ये केक पूरा हम 4 दिन मिलके खाने वाले है आप ना देखते रहना बस कुछ दिस इज फॉर यू जल्दी से आकर लो आ तो जा हां तो ये शेयर की नहीं है हां आ, आ। रुको अभी लुक इधर भाई बाकी है रे में कुक ले ले ले तू उ बड़ी आप तो बाहर आ अरे फोटो थोड़ी निकाल रहा है कोई जल्दी तो भाई लोग मैं उतार कर चला फोटो से प्रेशर पे गिरली पे चाललो तो हम होगरा किला ने बड़ा लगे अरे भाई ऐसा मत कर निकल निकल वो प्रेशर पे भाई हो मेरी ये भी कर ली है अमित अमित है भाई अमित अमित है हमें के जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी कर टेंशन मत लो से से उनको तो तो अभी, अभी अभी अभी अभी जिसने नहीं लिया उनके उनके लिए लिए ठीक है जो जो जो आए ये फोकस क्या करे हाँ बोलते हा को भी किंग मैं नेता वर्ल्ड वर्ल्ड कर रहे हैं हेलो हेलो चले मेरे बात खत्म हेलो आज इसको बंटी ने इसने बोला था okay, अगर मेरे जाने के बाद ओके बाय ओके बाय बंटी ने इसने बोला था हेलो ओके ये बातें okay, ना चलो ना ना ना ना ना भाई मैं जा रहा बाय सुन रहा है ये हेलो हेलो ठीक है बाय हेलो देखो हेलो भाई हेलो कोई सुन रहा है मैं जाऊं सुन रहा हूं तो बोल सकते हैं बोल बोल हेलो आर्टिस्ट देखो कोई सुन रहा है अरे भाई सुन रहा है तो आप देख हेलो चलो बंका लगा देते हैं थैंक यू भाई लोग पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ये भाई उधर ना तो बोली गया मैं इसको बाद में डाल के आऊंगा भाई देना चैनल अब से ये चैनल काले रात खेल इधर आज तो का वीडियो इधर खत्म नहीं होगा और चलेगा मैं तो अरे हाँ तो रिलायंस टीवी चलती है मैं इधर देखिए तो आज की वीडियो में बस जितने मिलती है अभी अगली वीडियो में जय हिंद जय भारत चलो आज के लिए इतने